मैंने कल को नहीं कैसे तुझे हल में का लगा महारानी आ रही है सबने दीदार करना है और मिलके सभी दर्शन करेंगे महारानी का दरबार की hey. के दरबारी का बोल दरबार सा महारानी का शेर आया है दिदार करे हम लोग दोनों हाथ ऊपर करे माँ की का करें। और करें। शेर का स्वागत करे और कर रहे हैं शेर महाराज का सच्चे दरबार की आएगा क्या कहने के के शेर बे सवार होके अजसे रवाली शेर सवार होके रवाली शेर सवार होके अजसे रवाली 好是